डिंडोरी जिला अस्पताल में युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की युवक ने प्रसूति वार्ड में पेट्रोल डालकर आग लगाना चाहा, लेकिन वहां मौजूद मरीजों ने उससे माचिस छीन ली जिससे युवक की जान बच गई ये वाकिया जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड का है आत्मदाह करने वाला युवक वार्ड में मौजूद प्रसूता से मिलने आया था लेकिन अचानक इसने मरीजों के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की लेकिन वहाँ मौजूद मरीजों ने इससे माचिस छीन ली इस घटना की जानकारी जैसे ही अस्पताल चौकी पुलिस को मिली तो वो वार्ड में पहुंची तब तक ये युवक फरार हो चुका था पूछताछ करने पर पता चला कि इस युवक का नाम फरीद खान है वहीं इसकी आत्मदाह करने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है अभी तक इस घटना की शिकायत पुलिस को लिखित रूप में किसी ने नहीं की है घटना के बाद ऐसी जिला अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा आरोप सवाल खड़े हो गए हैं तो प्रयास तो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो कोई फरीद खान नाम का व्यक्ति आया था और उसने जो है अपने स्वयं के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने का प्रयास किया है यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे फरीद खान जो है आया वहाँ यहाँ पे बॉटल में बॉटल में पेट्रोल लेके आया और अपने ऊपर डाला मैं आज सबको चला दूँगा मैं भी मर जाऊँगा कहकर और माचिस मारने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा मैं okay, कह क्या कर रहा है क्या तो वो मेरे को झड़का माचिस तो उसका धक्का लेके मैंने वापस वहाँ ले गया तो उसके बाद पर ज्यादा मेरे ऐसी तो मैंने नर्स के से वो लगा तो पर मैंने नर्स नर्स जल्दी आईन लगाइए मैं का। तो नर्स आई एक वहाँ पे वो वीडियो बनाने लगी तो उसके बाद मेरे छिटका के भग गया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं